मध्य प्रदेश में सरकार अब ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रही है इस बार मूंग की बंपर पैदावार होने से सरकार किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दे रही है और जगह जगह उपार्जन केंद्र भी खोले गए हैं कृषि मंत्री कमल पटेल भी पूरी मुस्तैदी के साथ मूंग उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रही है ताकि किसानों के साथ कहीं कोई गड़बड़ी ना करे मूंग उपार्जन केंद्रों पर फ्लैट कार्टों से किसानों की फसल की तुलाई हो रही है जिससे किसानों को आवागमन के समय के साथ लंबी कतारों से छुटकारा मिला है कृषि मंत्री कमल पटेल अचानक मूंग उपार्जन केंद्र पर पहुंचे और चेक करते हैं कि किसान की फसल की सही तुलाई हो रही है या नहीं किसानों से पूछते हैं की उन्हें एस मिल रहे हैं या नहीं पटेल के अचानक मारे जा रहे छापों से किसानों की फसल की तुलाई करने वालों में हडकंप मच गया है छापा मार कार्रवाई के दौरान मंत्री पटेल ने किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्ट दिखे उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सौ में से नब्बे किसान छोटे हैं, इसलिए सरकार छोटे किसानों की चिंता कर रही है उनकी फसल की खरीदी पहले की जा रही है वार्दी वार्दी सरकार में हमने जो परिवर्तन किए उसके कारण किसानों को छोटे अभी हमने छोटे किसान का पहले छोटे किसान का पूरा हो जाए तो बड़े बड़े और छोटे किसान कितने मालूम आप सौ में से छोटे दस किसान बड़े तो पहले दस किसानों की चिंता होती थी नब्बे की नहीं होती थी हमने नब्बे की चिंता पहले